माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही मेघा परमार ने कांग्रेस का दामन थाम कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस का दामन थाम लिया पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने मेघा ने पार्टी की सदस्यता ली वही सदस्यता लेने के बाद मेघा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वे छोटे से गांव भोजनगर की निवासी हैं, जहां पहाड़ पर चढ़ना तो दूर पहाड़ पर चढ़ने की सोच तक लोगों के मानस में नहीं आती है इस छोटे से से गांव निकलकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कमलनाथ का सबसे अधिक योगदान है अगर कमलनाथ सरकार पच्चीस लाख की सहायता नहीं देती तो वे कभी एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का सपना पूरा नहीं कर पाती दुनिया के सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँचाने में आपका मनोबल और हमारे मंच के मध्य में मौजूद आदरणीय कमलनाथ माननीय कमलनाथ महादुर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है सबसे बड़ा योगदान रहा है वरना भला कैसे संभव हो सकता था कि एक ऐसे पिता जो लाइलों के जूते पहनते हैं जिसका घर चद्दर का है